जगदंबा जगदंबा मतारानी मां शेरवा माँ जगदंबा जगदंबा मतारानी मां शेरवा मां बिगड़ी को तू बना दे जीवन को सवार दे बिगड़ी को तू बना दे जीवन को सवार दे अधूरे कामों को झट से तू पूरा करा दे जो भी तर आए न खाली हाथ लौटाए सुनती है सबकी पुकारे जो दिल से करे जकारे सुनती है सबकी पुकारे जो दिल से करे जकारे जय माता दी कहते जाओ जय माता दी कहते जाओ सच्ची जो भक्ति हो मन में दिल में दर्शन पाते जाओ जगदंबा जगदंबा मत रानी माँ शेर वाली मा। जगदंबा जगदम्बा जगदम्बा मतरा मां, शेर वाली मा।